कोरोना के काल में जलगांव ज़िला में अमलनेर शहर भी एक हॉस्पॉट बना हुआ था और इसी को देखते हुए अमलनेर नगर परिषद ने इस कोरोना पॉजिटिव से मृत्यु और संक्षित लोगों को मृत्यु का अंतिम संस्कार और विविध धर्मों के हिसाब से अंत्यविधि करने का निवेदन निकाला था फर्स्ट टाइम निवेदन काढ़ा किसने रिस्पॉन्स नहीं दिया दूसरी बार निकाला तब भी किसने

आगे नहीं आया निविदा भरने के लिए शासन हमें 15000, 10000 देने के लिए तैयार था लेकिन हमारे आवाज़ उद्देश्य संस्था के 11 लोग हैं और 11 के 11 सब मुस्लिम कार्यकर्ता हैं। हमने एक मीटिंग ली और इस मीटिंग में ठहराया कि अपन ये काम करेंगे और इस काम का पैसा नहीं लेंगे क्योंकि ये एक अच्छा काम है एक सेवा का काम है और इस काम के जरिए एक हिंदू मुस्लिम का एक अच्छा संदेश जाएगा

और एक काम की शुरुआत हमने 25 अगस्त 2020 को शुरू किया और इसके माध्यम से करीबन 200 कोरोना पॉजिटिव और संस्कृति लोगों का हमने अंतिम संस्कार विविध धर्मों के हिसाब से किया इस काम करने के लिए पहले पहले हमको बहुत डर लगा हमने तो एक काम ले लिया लेकिन हम विचार में पड़ गए थे कि अरे बाप रे ये क्या कर डाला हमने तो पहला दिन ऐसा था कि शायद ही हम घर पर वापस जाएंगे लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा क्रम था

पहला दिन दूसरा दिन तीसरा दिन पांच दिन बहुत परेशानी बहुत तकलीफ हुई हमने पांच दिन तक हमारे घर वालों को नहीं बताया कि हम ये काम कर रहे हैं लेकिन जब पता चल गया उनको पांच दिन के बाद तो हमारे घर वाले रोने लग गए कि आपने क्या किया और हमारा आवाज़ फाउंडेशन का जो ग्रुप है उस माध्यम से हम कोरोना काल में जो गैर मुस्लिम लोग थे ये पेशेंट तक भी नहीं आते थे और पेशेंट को देखते भी नहीं थे और पी रूम में भी नहीं आते थे तो हम मुसलमान जो टीम थी हमारी ग्यारह लोग मिल हमने

सिविल हॉस्पिटल से लेना एम्बुलेंस में रखना एम्बुलेंस से यहाँ लाना यहाँ हमारे हाथ से बॉडी उतारना वो कीडी पे रखना वो लकड़ी वगैरह लगाने का और सिर्फ आग लगाने काम उनके घर का कोई मेंबर को बुला के उनसे कराते थे हाँ। वो भी आने को डरता था हम मुस्लिम जो थे अल्लाह के सिवा किसी डरते और बाकी मुस्लिम लोग अपने जो मौलवी मुल्ला लोग थे ये इन्होंने ऐतराज़ करे कि भाई गैर मुस्लिम में जाना नहीं प्रेत को हाथ लगाना नहीं जलाना नहीं करना नहीं उनको बोला आप खुद आके देखो खुद करो प्रैक्टिकल देखो जब बोलना

इसके पहले मसले मसाले दिल लगाना किसी का दिल खराब नहीं करना किसी के दिल में नफरत नहीं पैदा करना और हमें बचपन से लेकर आज तक हमारे वहाँ कभी कोई दंगा फसाद कोई झगड़ा नहीं है हमारे यहाँ सक्कार महाराज का यात्रा बढ़ती पूज्य सानी जी का मामला चलता है और हमारी खुद की जो दुकान है आयुर्वेदिक दुकान है हमारे दादा से हम पूजा पति सामान बेचते हिंदू लोगों के टोटल सामान हम लोग बेचते और हम चाहते हैं कि हमारे से कोई अच्छा काम हो ताकि अपना लोगों तक ये पहचान पहुंचे कि नहीं भाई ये लोग बहुत सही रहते हैं और अच्छे रहते ये मुस्लिम कौन वैसी नहीं है

तो हम चाहते कि भाई हमारे से और ऐसा काम होते रहे कि भाई भाईचारा रहे, रहे और एकता रहे और अपनापन रहे इंसानियत बताना है और मुस्लिम क्या काम कर सकता ये है ये पैगाम आम पब्लिक तक पहुंचाना है आवाज फाउंडेशन ने हमार को एक पाठिम्बा दिया है उन्होंने पूरी जान खतरे में डाल के जो पेशेंट था घर के लोग उनको हाथ नहीं लगाते थे उन्होंने बोले अपना गरीब नवाज है नाना भो तुम हिम्मत मत हारो शाह शाह बाबा का नाम लो

पेशेंट को उठा के रखो हमारे आवाज फाउंडेशन के नाविद भाई पठान साहब इनके साथीदार सब लोगों के सब जाति धर्म कुछ नहीं देखते थे ये अपने गौर गरीब सब अपने भाव की समझ के काम करते थे मैं जात का एक धनगर है हाक से छाती टोक के बोलूंगा कि इन लोगों ने अपनी

की समझ के एक काम किया है इन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि ये मुसलमान है ये धनगर है ये पाटिल है ये भील समाज का आदमी है ये कोड़ी समाज का है ऐसा कुछ भी नहीं ये एक अपने घर के परिवार समझ के इन्होंने काम किया है इन्होंने करुणा में लोगों के पास कुछ नहीं था इन्होंने क्या समझा कि हमारे को कुछ नहीं होना हमारे को सेवा करने की है को पैसे नहीं होना

इन्होंने वो कुछ पैसे नहीं लिया माध्यम से इसमें मैं एम्ब, एम्बुलेंस को चलाता था एम्बुलेंस को ड्राइवर नहीं मिलता थे। खुद एम्बुलेंस चलाना पेशेंट को मासे उठा के हाथ से हमने बॉली को पूरा पैकिंग करना हमारे हाथ से कोई डॉक्टर भी उसको ज़्यादा हाथ लगाती नहीं थे और उसको खुद चला के लाने का और उसको अमरधाम में ला के अंतिम संस्कार करने का खुद को तो। सर काम धंधे का ऐसी बात है कि हम एक दो दिन हम पूरे चौदह पंद्रह जितने भी सदस्य थे आवास फाउंडेशन संस्था के और सदस्य हमारे चौदह पंद्रह सब साथ में आते थे लेकिन हम बाद में हमने

ऐसी ड्यूटी ड्यूटी भाव टाइम लगा दिया क्या भाई अगर आज एक दिन में तीन रहे, तो चार चार करके बारह लोग अलग अलग टाइम जाने का फिर उनके घर का भी देखना पड़ता था सर तकलीफ तो बहुत है हमारे घर वाले बहुत रोने लगते थे बहुत तकलीफ हुई लेकिन हमने काम नहीं छोड़ा सर लोगों के हम ये कारने से हमको दिल को बहुत सुकून लगता उसके बाद में हमारे दिल को खुद ऐसा खराब लगता था पब्लिक कोई पेशेंट के पास जाता नहीं था खुद उनका बेटा बाप को हाथ नहीं लगाता था यहाँ एकता के हिसाब से हमको काम करती किधर का भी पेशेंट हो

अगर एमर का नहीं भारकी भी आए तो हम करते कोई एक्सीडेंट पेशेंट हो उसको हम हाथ से उठाएंगे एक मरतबा पारोले तालुके के एक टीचर्स थे उनके एक बच्चा जो है वो आर्मी में था और वो जब एम एल के अंदर एडमिट हुए तो उनको पारोले में बेड नहीं मिला और बहुत दुख भरी रास्ता थी उनकी क्यों उनके पास सिर्फ उनकी एक लड़की और उनकी एक मिसेस थी और कोरोना के अंदर किसी ने उनकी मदद नहीं किया दवा खाने से लेके अमरधाम तक पूरा

अंत संस्कार करने का काम आखिर में आवास फाउंडेशन की पूरी टीम ने की तो उन्होंने हमको कहा कि आपने ये बहुत बड़ा काम किया तो आप हमसे कुछ पैसा लीजिए हमने उनके पैसों को नकारा पैसा नहीं लिया वो पच्चीस हजार रुपये दे रहे थे हमको पच्चीस हजार रुपये का उनको कहा कि ये गोर गरीब भूख मरी के शिकार हो रहे कोरोना काल में तो आप ये पैसों का हमको न देते हुए अन्नदान कर दीजिए उन्होंने हमारी बात को अमल किया और

वो पैसे हमने स्वीकारा नहीं और उन्होंने अन्नादान किया वो पैसों का शासन के जो गाइडलाइन थे शासन के गाइडलाइन के अनुसार शासन उनके परिवार को बॉडी नहीं दे पा रही थी तो वो बॉडी का किया क्या जाना चाहिए अमलैर नगर पालिका ने उसका एक टेंडर निकाला टेंडर जब पहली मरतबा निकला तो अम्बलर नगर पालिका ने उसका दस हज़ार रेट रखा था फिर वो टेंडर किसी ने नहीं लिया फिर अखबारों में और खबरें आई और उसका रिटेंडर हुआ

दुबारा टेंडर निकला जब दुबारा टेंडर निकला तो उसका पंद्रह हज़ार रुपये रेट था एक बॉडी डिस्पोज करने का वो भी किसी ने नहीं लिया तो खबरें देखकर कर आवाज़ फाउंडेशन के सभी मेबरों ने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला के ये प्रस्ताव रखा कि जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है इसका अंत्यविधि जो भी मज़हब के हिसाब से जो भी पेशेंट आएगा उसका मुफ्त में काम करने का फ़ैसला लिया

हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ये मांग की कि ये जो कार्यकर्ता है जो लोग गुजर गए उनका दहन विधि दफन विधि कोरोना के पेशेंट होने के बावजूद कर रहे तो उनको गवर्नमेंट के तरफ से 50 लाख रुपए का बीमा संरक्षण मिलना चाहिए हम जो चाहते थे वो नहीं हुआ इन नौजवानों को कोई बीमा का संरक्षण नहीं मिला लेकिन जिस तरह से हिंदू मुसलमान का माहौल बनाकर देश में

बड़ी मात्रा में दो गुटों में देश बांट दिया जा रहा है वो देखते हुए ये नौजवान ये सब बात बाजू रख कर मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है ये ध्यान में रखते हुए की ये जो कर्म भूमि है खरा तो एक धर्म है, जगाला प्रेम आरपा ये जो प्यार का संदेश है वो संदेश अपने दिल में लिए बड़ी हिम्मत के साथ अपने जान की परवाह किए बगैर आगे आ रहे थे और उन लाशों का दहन विधि और दफन विधि दोनों बड़े सलूक से और

पारंपरिक पद्धति से कर रहे थे आ, ये बात आ, हम सब के लिए एक प्रेरणादायी बात थी देश के खासकर उन जवानों के सामने कि जो किसी धर्म के आंधी में बहे जाते हैं उनके सामने एक आदर्श रखने वाली बात थी आ, इन जवानों का जितना भी उनके काम की सराहना करेंगे उतनी भी कम है

ये बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिनका काम बहुत छोटा था लेकिन उनको बहुत बड़े बड़े कोरोना युद्ध के पुरस्कार दिए गए लेकिन इनका काम बहुत बड़ा था इन्होंने अपनी जान पर खेलकर ये सब काम किया था तो जिस अंदाज में इन सबका मान सम्मान होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है